जय माता दी गाइस कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आज नवरात्र शुरू हो गए हैं तो हमने अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना की है जो कि नौवीं तक दिन रात चलेगी तो मैं आपको अपनी माता रानी की और अपने अखंड जोत की वीडियो दिखाऊंगा ब्लॉग दिखाऊंगा और हम अपना जो उसमें माँ दुर्गा माता के लिए पूजा करते हैं जो कि हमने शुरू की करनी वो सब मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगा तो बने रही मेरे ब्लॉग के साथ और प्लीज़ कीप वॉचिंग सब्सक्राइब लाइक कमेंट और वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए गाइस जितना आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और उतने अच्छे मैं व्लॉग्स बनाऊंगा आपके लिए तो ये है हमारी माता रानी की अखंड ज्योत की वीडियो जय माता दी माता रानी जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके ऊपर कृपा करना कृपा बनाए रखना माँ आशीर्वाद देना भक्तों को अपने बच्चों को कृपा करना मां दया करना जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जय गणेश दरबार की जय जय माता दी तो ये हमारे घर का कलश है दोस्तों देखिए तो समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और हम इसमें मां दुर्गा का 108 सौ बार ही हम पाठ करेंगे जो कि मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो प्लीज़ गाइस कीप वाचिंग मंगल मंगल शिव सर्वात साय श्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वात सांट के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल शिवे सर्वात साधिके श्यंब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ना ओम सर्वमंगल सर्वंगल शिवे शिव सर्वाथ साकेंग के गौरी नारायण नमोस्तेम ना सर्वंगल मंडल्य शिव सर्वाथ साकेंग के गौरी नारायण नमोस्तेम सर्वंगल मंडल्य शिवे शिवेशर्वात साकेंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिवेशवात साके श्र्युंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वात साके गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल शिवे सर्वाथ साकेेत्रोब केगौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल शिवे सर्वाथ साकेेत्रो के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल शिव सर्वाथ साकेेत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते मोस्ते ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साकेेत्र के गौरी नारायण नमोस्तुते मोस्ते ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ सात्के शेत्र केगौरी नारायण नमोस्तु के नाराय ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साके शे त्रियम्बके गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ सातिके शेत्र के गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ सात्के शे त्र्युम्बके गौरी नारायण नमोस्त ना ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साविके शरणे त्योम्बके गौरी नारायण नमोस्त ना ओं सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ सात्वे शरणेत्र्यंब के गौरी नारायण नमोस्त ना मंगले मंगल शिव सर्वाथ साकेेत्रियों केवारी नारायण नमोस्त सर्वंगल मंगले शिवे सर्वाथ साकेेत्रियो कारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगले शिवे सर्वाथ साके शरणे प्रियंब केगारी नारायण नमोस्तुते ओम सर्व मंगल शिवे मंगल्ये शिवेशर्वाच शरणे केवारी नारायण नस्त नमोस्तुते ओम सर्व, शिवे नमो ओम सर्व मंगल शिवे शिवेशर्वाथ साधिके शरणे प्रियंब केवारी नारायण नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ सार्थिके शरणे त्र्यो के नमोस्तुते नारायण सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ सार्थिके शरणे त्र्योम केवारी नारायण नमोस्त ओम मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ सार्थिके शे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल सर्वंगल शिवे शिव सर्वाथ शरणे श्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साक्षिके शरणे के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल शिवे शिव सर्वाथ साकेम्ब के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल शिवे शिवेश् साके शेत्र के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साके शरणेत्र्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शेत्र के नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधिके शेत्र के नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल्य शिव सर्वाथ सादिककेेत्रियंब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिवेशर्वाथ साधिके शेत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ सादिके शेत्र के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्य शिवेश्योम्बके नारायणे नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साकेोम्ब के गौरी नारायणे नमोस्त ओम सर्व मंगल मंगल शिवे मंगल्य शिव सर्वाथ साोम्ब गौरी नारायण नमोस्तते ओं सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके श्योम केगौरी नारायण नमोस्तेम सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके श्योम केगौरी नारायण नमोस्तते ओम नाराय सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शरणे त्रियंबके गौरी नारायण नमोस्त ओं सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधिके शेत्र त्यंब के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्ये शिवेश्यंब के गौरी नारायणे नमोस्त सर्वंगल मंगल्य शिवे शिव साधिके साकेेत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्ये शिवे साधिके साकेेत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्ये शिवे साधिके साकेेत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शरण त्रम्ब के गौरी नारायण नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वाथ साधिके शरण त्रियम्ब के गौरी नारायण नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शरण त्र्यम्ब के गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्वमंगल मंगलले शिवे सर्वाथ साधिके शेत्र के गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्वमंगल मंगलले शिवे सर्वाथ साधिके शेत्र के गौरी नारायणी नमोस्ते ओम सर्वमंगल मंगलले शिव सर्वात साधिके शरणेत्रियम के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वात साधिके शरणेत्रियम के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वात साधिके शरणेत्रियम के गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधिके शरणे त्र्यम्ब गौरी नारायणी नमोस्त ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शरणे त्र्यम्ब गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्व शिवे शिव सर्वाथ साधिके श्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ना ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके श्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ना ओम सर्व मंगल सर्वमंगल शिवे शिव सर्वाथ साधिके श्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ना ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके त्रियम्ब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वाथ साधिके शे त्रियम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शे के गौरी नारायण नमोस्त ओम मंगलले शिवे शिवेशवाद साधिके श्यंबके गौरी नारायण नमोस्त ओं सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधिके श्यंब के गौरी नारायण नमोस्त ओं सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधुके शे त्र्यंबकेगौरि नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाथ साधुके शे त्र्यंब नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधुके शे त्र्यंबकेगौरि नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वाथ साधुके शे त्रियंब के गौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल शिवे सर्वाथ साधुकेगौरी नारायण नमोस्त ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधुकेियंब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधुके के गौरी नारायण नमोस्ते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधिके शेत्रत्रियंबके के गौरी नारायणी नमोस्त के ओम सर्वमंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधिके शेत्रत्रियंब के गौरी नारायण नमोस्े ओम शिवे मंगल्य साधिके सर्वाथ साधुके्यंबके गौरी नारायणे नमोस्ते ओम मंगल मंगल शिवे मंगल्य साधिके सर्वाथ साधुके्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तु ते ओ शिवे सर्वाथ साधिके शे त्र्यम्बके गौरी नारायण ओम सर्वमंगल मंगल शिवे शिव साधिके साधुकेम्बके गौरी नारायण नमोस्तु ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाथ साधुकेरणे त्रियंबके नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिवे सर्वाथ साधुकेियम के द्वारि नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वंगल मंगल्य शिव सर्वाथ साधिके शियंब के द्वारि नारायणी नमोस्त ओम सर्वंगल शिवे शिव साधिके साधिकके श्यंबके गौरी नारायण नमोस्त सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधिके श्यंबके गौरी नारायणी नमोस्त ओं सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वात साधिके त्रियम्ब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वात साधिके त्रियम्ब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाद साधुकेम्ब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाद साधिके के्योम गौरी नारायणी नमो सुतेम सर्व मंगल मंगल्य शिवे साधिके के्योम्बके गौरी नारायणी नमोस्त जय माता दी जय दुर्गा माता दी तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि हमने माता रानी का कैसे हमने उनका जाप किया 108 बार वैसे तो दोस्तों बोलते हैं 108 बार जाप करना चाहिए लेकिन हमने इसको थोड़ा बढ़ा के जाब किया है 121 बार क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप जाप करते हो तो आपको उबासी आ जाती है या फिर कभी आपको खांसी आ जाती है या कभी आप एकदम बोलते बोलते तो चुप हो जाते हो तो वो जो जाब होता है वो काउंट नहीं होता तो इसलिए हम एक से एक बार तक हम इसको बढ़ा के बोलते हैं ताकि जो हमारे जाप है वो प्रॉपर काउंट हो जाएँ तो इसलिए हम ऐसा जाप करते हैं इसमें ताकि माँ दुर्गा की हम सब पे कृपा बनी रहे हमारे बिगड़े काम बने हमारे जो काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएं तो गाइज प्लीज़ कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरा यूट्यूब चैनल जील फॉर एवर चैनल है जिससे कि मैं आपको अपनी डेली ब्लॉग्स की अपडेट देता हूँ तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जय माता दी सीरीज़